भाई जो हो एग्जाम तो खत्म हो गया बबलू तुम्हारा एग्जाम कैसे गया कैसे हो तो से तो अच्छे ही होगे क्या बोल रहे हो तुम क्या समस्या है तुम्हें होक बैग एंड से बबलू रुक मेरा दोस्त को बुलाता है यार बोल रहा है बुला किसको बुलाता है देख लो भाई एक चाचा की बड़ी मुझे परेशान कर रहे हैं जल्दी क्या हुआ टै दोस्त कौन है भाई तुम्हारे पीछे वो लड़की खड़ा है देखो भाई ये दादाजी फेरी वाले अरे मिंटू तुम्हें कौन आइटम का बेच बनाया है से कहां से आते हैं तुमसे इधर आ गया तुम मेरे दोस्त को क्या बोले जो बोलो इस पे तुम्हारा गया जाता है तो ऐसे ब्रेकअप खड़े के हो जाओ ना अपना घर अच्छा तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना नहीं चली गई वो दादाजी फेरी वाले ये क्या है चल घूमने चलते हैं भाई सुंदर देखी <laughs> <लाएगान> <laughs>